नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने चैनल आरडीएस डी एस हॉटस्पॉट स्टडी ग्रुप में आज दोस्तों मैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में आपसे चर्चा करूंगा आ, जाम आने ही वाले हैं बस कुछ ही दिन का फासला बचा है और इससे जो वीडियो में आपको आगे लेकर आया हूँ इससे आपको जरूर से जरूर लाभ होगा और देखें जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट भी करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कुछ क्वेश्चन भी वीडियो के दौरान मैं आपसे पूछूंगा जिनके आंसर आप कमेंट में लिखकर बताएंगे तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना समय गवाए क्वेश्चन पहला क्वेश्चन भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है तो भोजन का अनिवार्य अवयव जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है अर्थात इसका आंसर है डी भोजन का प्रमुख अवयव जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है तो याद रखना क्योंकि आप जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत होता है आपके शरीर का लगभग सड़सठ परसेंट जो ऊर्जा होता है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है तो धन्यवाद कार्बोहाइड्रेट आपका भोजन का अनिवार्य है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दो निम्न निम्न से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईधन का कार्य करता है तो इसका कार्बोहाइड्रेटी का में या रूप में जब दहन होता है तो लगभग फोर पॉइंट टू कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए दोस्तों कैप्सूल का आवरण बना होता है तो कैप्सूल का जो आवरण बना होता है इसका आंसर होगा डी अर्थात स्टार्च का का कैप्सूल कैप्सूल बना होता है मतलब जो मेडिसिन तो में यूज़ होते हैं कैप्सूल स्टार्च स्टार्च से बना होता है, स्टार्च है। भी एक कई हजार कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज के अंगों से मिलकर बना होना यह पॉलीसे होता है और स्टार्च को मंड कहते हैं जो पौधे होते हैं वो जो दिन ग्लूकोज बनाते हैं वही ग्लूकोज रात में पौधों की में, आ, में स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है अगला क्वेश्चन देखिए आपका है शहद का प्रमुख घटक क्या है देखिये शहद का प्रमुख घटक क्या होता है फ्रेक्टोज होता है ये भी आदमी को डी नंबर शहद का प्रमुख जो घटक होता है फ्रेक्टोज होता है एक क्वेश्चन और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शहद होता है ये विज्ञान की जिस शाखा में हम शहत उत्पादन करते हैं विज्ञान की उस शाखा को एपीकल्चर कहा जाता है हैल्चर ये भी याद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चौथा पांचवे नंबर का को क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सर तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है तो अगर सबसे पहले से ऊर्जा प्रदान करती है तो ग्लूकोज प्रदान करती है ग्लूकोज चूंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है या मोरसैक्राइड होता है रासायनिक सूत्र होता है ये तत्काल आपके शरीर में टूटकर ऊर्जा देता है चलिए क्वेश्चन में आपसे यहाँ ग्लूकोज के बारे में पूछ रहा हूँ कि अगर ग्लूकोज का अगर ग्लूकोज का पूर्ण अपूर्णसीकरण होता है तो अपूर्ण आक्सीकरण की क्रिया को क्या कहा जाता है ग्लूकोज की अपूर्ण यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का आक्सीकरण होता है तो इस, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है कमेंट में लिखकर बताइए अगला क्वेश्चन है देखिए शहद में मुखता होता है फिर वही क्वेश्चन शहद में मुख्यता क्या होता है सहद में कार्बोहाइड्रेट पाया गे गे जाता है और शहद का उत्पादन जो मधुमक्खियों से होता है जो मधुमक्खियां होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं ये भी आप याद रखना जैसे राजा होता है रानी होता है श्रमिक होता है श्रमिक शहद एकत्रित करता है राजा और रानी प्रजनन करते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं माता प्रजनन के बाद नर को भी मार डालती है यह भी आपसे पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन मधुमक्खियों की लैंग्वेज क्या होती है देखिये मधुमक्खियाँ बनाकर बनाकर क्रिया करती बना कर देखिए उड़ती है। तो यह इनकी देखिए सर्वाधिकता है हमारे सर्वाधिक। शरीर को, तो शरी को कार्बोहाइड्रेट देता है अभी मैंने आपको बताया कि सड़सठ परसेंट ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का ही बहुत होता है ये अगला क्वेश्चन है देखिए मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का कहाज का और तो जमा हो जम होता है ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है अर्थात आठवें नंबर का आंसर है डी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है आठवें नंबर का अब आते हैं नोमा क्वेश्चन नंबर नौ एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है फिर इसका आंसर 9 में का हो जाएगा डी क्योंकि एथलीट को सबसे पहले ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट ही दिया जाता है जिससे तो उसको त्वरित ऊर्जा प्राप्त तो होती है एथलीट क्या होते हैं जो दौड़ते हैं जो जिम्नास्टिक्स होते हैं ये सारे आपके एथलीट्स के अंतर्गत ही आते हैं इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है लंबे समय तक क्वेश्चन नंबर लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है तो देखिए सीधा सिंपल है इसका डी नंबर का ऑप्शन लैक्टिक एसिड का जमाव जब लैक्टिक अम्ल के क्रिस्टल्स आपकी मांसपेशियों में जम जाते हैं तो आपको जो आपको थकान, थकान का अनुभव होता है लैक्टिक अम्ल लेकिन यहाँ पर देखिए लेकिन क्यों बन गया जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वही ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदलने की अपेक्षा लेकिन में बदल और ये लेकिन जो क्रिस्टल्स होते हैं ये आपके पैरों में या आपकी मानसपेशियों में क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाते हैं थकान कराते अगला क्वेश्चन ग्यारह क्वेश्चन ग्यारह नंबर का क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज का स्तर नापने या व्यक्त करने की इकाई क्या होती है तो सीधी बात है सी नंबर का ऑप्शन इसका सही है भाग प्रति मिलियन मीटर रक्त में ग्लूकोज का स्तर नापने की इकाई होती है एक कठिन सवाल मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट में लिखकर बताना डीएनए या मटेरियल को मापने की इकाई क्या है यानी कौन सा ऐसा होती है जिससे हम डीएनए जेनेटिक मटेरियल को मापते हैं कमेंट में लिखकर दोस्तों जरूर बताना अगला क्वेश्चन है प्रोटीन बनाने के लिए कितने होते तो प्रोटीन बनाने के लिए बीस प्रकार केवश्य होते हैं एक अम्यो एसिड दूसरे अम्यो एसिड से जब जो पैप्टाइड द्वारा जुड़ता है तो बनने वाला स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन होता है, तो बीस प्रकार के शरीर सी, सी में चुके हैं लेकिन बीस आप याद आना दस प्रकार केम्यूनो एसेड आपका शरीर खुद बनाता है और दस प्रकार के अम्यूनो एसिड हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है शरीर में उत्कों का निर्माण किससे होता है तो शरीर में उत्कों का निर्माण होता है प्रोटीन से प्रोटीन ही होता है ना टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है और आप जानते हो रचनात्मक और क्वेश्चन तो का आंसर है आपका इसमें सही माना जाएगा यह याद और क्वेश्चन जो उत्तको का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं आपकी कहते हैं हिस्टोलॉजी जबकि कोशिंग का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं साइकोलॉजी कहलाता है इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको आता है प्रोटीन चौदह क्वेश्चन नंबर चौदह प्रोटीन का निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है तो प्रोटीन को हमारे शरीर का विनियामक माना जाता है क्योंकि शरीर निर्माण करने के लिए आपको पता है विनियामक भी होता है और शरीर का निर्माण करने वाला होता है दोस्तों यहाँ चौदहवें नंबर का आंसर मुझे लगता है कि ये होना चाहिए शरीर का निर्माण करने वाला चूंकि मांसल चीजों का यानी मांसपेशियों का निर्माण करता है तो शरीर का निर्माण करने वाला होता है बिल्कुल क्लियर है अगला क्वेश्चन है तो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन्स प्रोटीन होते हैं और कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो स्कीट्स होते हैं तो यहाँ आपको ध्यान देना दोस्तों कि प्रोटीन जो होता है एंजाइम्स बना होता है प्रोटीन से ही एंजाइम्स बना होता है ध्यान देना किसी क्रिया की इधर को बढ़ाना ये जो काम होता है ये एंजाइम्स का ही होता है कई प्रकार के एंजाइम्स हमारे शरीर में बनते हैं लाइपेज म्यूसिन पैप्सिन सारे एंजाइम आपके शरीर में बनते हैं और इसके अलावा लार में भी होते हैं टाइलिनज लाइशाइम विभिन्न प्रकार के एंजाइम आपके शरीर में बनते हैं जो आपकी जैविक क्रियाओं को चलाते हैं जैविक सिस्टम को जैसे जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को प्रक्रिया की ते, को तेज करने के लिए उत्तरदायी होता है फिर वही आपका सोलहवें नंबर के क्वेश्चन का आंसर है सी विकल्प सी यानी एंजाइम कुछ ऐसे होते हैं जो आपके शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शंस, जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं तेज करने का कार्य करते हैं तो ये भी आप याद रखना सोलवें का आंसर है सी अब आता है देखिए अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो हमारी त्वचा में उपस्थित होती है अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन होती है जो हमारी त्वचा में उपस्थित होती है यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूँ क्रिएटिन प्रोटीन के बारे में क्रिएटिन प्रोटीन वह प्रोटीन होती है जो आपके बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण करती है अर्थात आपके दांत, दांतों में भी कुछ हिस्सा होता है इसके अलावा नाखून इसके अलावा बाल और इसके अलावा पशुओं में खुर सीन ये सारे आपके क्रिएटिन प्रोटीन के बने होते हैं ये आपका बाह्य कंकाल तंत्र होता है और अंधा कंकाल तंत्र तो आप सब जानते हो आपकी अस्थियाँ आती हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रेस होता है तो देखिए सोयाबीन प्रचुर स्रोत है प्रोटीन का इसीलिए कहते हैं कि सोयाबीन 18वें नंबर का क्वेश्चन है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रेश होता है बयालीस तो सोयाबीन में प्रोटीन बयालीस होता है ये भी याद रखना सबसे ज्यादा प्रोटीन इसी में होता है ये मध्यप्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं बयालीस परसेंट बयासी परसेंट सोयाबीन अकेले पैदा करता है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो देखिए प्रोटीन चावल में नहीं होता बाकी तो दूध अंडा मांस दाल सब में प्रोटीन प्रचुर होता है तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता होती है इसीलिए आप ध्यान देना कि चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता चावल का वैज्ञानिक नाम ओर सटाइवा होता है ये भी आप याद रखें यहाँ दोस्तों दूध आया है तो दूध सर्व भोजन कहलाता के है केवल विटामिन सी छोड़ दो बाकी दूध में सारी चीजें पाई जाती है और दालें तो प्रोटीन का स्रोत है तो सी नंबर का ऑप्शन सही है उन्नीस का क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत तो पाया जाता है, तो है। सोयाबीन मेंसेंट प्रोटीन पाया जाता है प्रोटीन, प्रोटीन का ये भी आप और एक क्वेश्चन और सोयाबीन से रिलेटेड बता दो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स अगला क्वेश्चन है दोस्तों शाकाहारी अधिक प्रोटीन पाते हैं तो जितने भी शाकाहारी जीव जंतु होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रोटीन जो मिलता है वो मिलता है दालों से चाहे आप ले लो मटर चाहे आप अरहर चाहे आपका क्या है तो देखिये प्रोटीन का हो रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन एडजेस्ट करिए यहाँ प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है सोयाबीन तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है चलिए मैं प्रोटीन के बारे में कुछ और आपको जानकारी देता हूँ प्रोटीन तीन प्रकार की होती है ध्यान सरल प्रोटीन और इसके अलावा इसके अलावा होता है आपका संयुगमी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन तीन प्रकार की प्रोटीन आपकी पाई जाती है ये भी आप याद रखना प्रोटीन से रिलेटेड सरल प्रोटीन जो होती है वो केवल अमीनो एसिड से एक ही प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं संयुगमी प्रोटीन होती है जिनके साथ कोई जुड़ा होता है व्युत्पन्न प्रोटीन वह प्रोटीन होती है जो जल अवघन पर सरल या संयुग प्रोटीन देती तो आप ध्यान दें सरल प्रोटीन का एग्जाम्पल मैं आपको बता दू ग्लू ग्लोव्यूलिन और एलब्यूमिन अंडे में पाई जाते हैं ये मानव शरीर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तेईस मानव शरीर में वसा जमा होती है तो देखिए मानव शरीर के अंदर जो वसा जमा होती है वो आपकी होती है विकल्प नंबर बी अर्थात वसा ऊतकों में आपका जमा होती है तो वसा ऊतकों में जमा होती है ये भी आप याद रखना इसके अलावा मैं अगर आपको बता दू वसी उतर, अगर तीन भागवसी के मिला दिए जाए वसीय वसी टिश्यू के वसी के और एक भाग ग्लिसरॉल का मिला दिया जाए तो एक भाग ग्लिसरॉल भाग अम्ल आपस में मिला करके वसा का निर्माण होता है ये भी याद रखना और वसा सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत भी होती है अगर मैं कहूँ की एक ग्राम वसा का उपघाटन करो तो एक ग्राम वसा के अपघटन से नाइन कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है नौ चौबीस नंबर क्वेश्चन में त्वचा तल के नीचे नहीं नहीं शरीर की ऊष्मा का छह नहीं होता है यहाँ पर क्योंकि शरीर में ऊषमा को रोकने का कार्य करती है वसा आपके ऊपर परत का काम करती है जिससे आपके शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं जाती और बाहरी शरीर की ऊष्मा अंदर प्रवेश नहीं करती तो इसका आंसर होना चाहिए वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकती है आवश्यक शरीर द्रवों का क्षय करती है आवश्यक शरीर द्रवों का करती है, शरीर के लवणों का क्षय करती है तो इसमें ऑप्शन आप आपका होना चाहिए चलिए इसका मैं अभी यही कर रहा हूँ शरीर की उष्मा का क्षय करती है नहीं वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकती है ये सी नंबर का उचित लग रहा है इसको आप कंफर्म कर लेना आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है ऐसा वह कर पाता है क्यों, क्यों? चुंकी देखिए इसका आंसर होना चाहिए बी अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके आप जानते हो कि जो ऊंट होता है वो पानी बिना पानी पिए लगभग सात दिनों तक जीवित रह सकता है इसका रीजन है ऑप्शन बी ऊंट के बारे में क्वेश्चन में आपको बता दूट और लामा दो ऐसे जीव होते हैं जिनकी आरबीसी में केंद्र पाया जाता है बाकी जितने भी स्तनी होते हैं उनकी आरके में के नहीं पाया जाता ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन आते हैं देखिए निम्नलिखित में से भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है निम्नाकित में भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ये देखिए प्रति ग्राम अगर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है तो मैं बता चुका हूँ वसा नाइन कैलोरी ऊर्जा एक ग्राम में मिलती है वसा से वसा दो प्रकार की होती है ये भी याद रखना सेचुरेटेड वसा अनसे संतृप्त वसा असंतृत वसा जो आपकी संतृप्त वसा होती है वो जम जाती है बीस डिग्री तापमान पर अर्थात कमरे के तापमान पर जैसे घी वनस्पति घी और जो आपका आसन तप्त तो वसा होती है ये आपकी नहीं जमती जैसे तेल अगला क्वेश्चन है विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया तो देखिए विटामिन शब्द का सर्वप्रथम अगर किसी ने प्रयोग किया तो फंक नामक वैज्ञानिक ने उन्नीस में किया उन्नीस में विटामिन स... नाम का शब्द या खोज का जो प्रयोग किया है और नाम का प्रयोग जो किया है वो किया है आपके फंक नामक वैज्ञानिक ने यह भी आप याद रखना और विटामिन आप जानते हो दो प्रकार के हो दो प्रकार से विटामिनों को डिवाइड किया जाता है वसा में घुलनशील विटामिन सो तो वसा में घुलते हैं ए डी ई के ध्यान दे दोस्तों और अगर मैं कहूं कि जल में घुलनशील है तो बी और सी ये भी आप याद आए अगला क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती तो दोस्तों फिर आपका 28 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए डी तो निम्नलिखित में से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है ये आपकी होती है विटामिन मतलब डी विटामिन ऐसे होते हैं जो आपकी ऊर्जा आपके शरीर में ऊर्जा नहीं देते तो करते क्या है ये इनका कैलोरी मान जीरो होता है परंतु ये आपके शरीर की समस्त मेटाबोलिक रिएक्शन अर्थात क्रियाएं उनको चलाने में संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी तो ये आपको ऊर्जा देने का काम नहीं करते विटामिन साफ़ अलग अगला आता है देखिए निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है तो रक्षात्मक पदार्थ प्रोटीन ही होना चाहिए तो उनतीस नंबर के क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन तो यह आप ध्यान देना कि प्रोटीन आपके शरीर में रक्षात्मक का कार्य करता है क्यों करता है देखिए आप जानते हो कि आपके शरीर में जो एंटीजन एंटीबॉडीज जो आपके शरीर में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी पावर प्रतिरक्षा तंत्र बढ़ाने का कार्य करते हैं वो आपके प्रोटीन ही होते हैं तो प्रोटीन आपका करता है इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है तो देखिए विटामिन ए आप जानते हो इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है और इसमें सबसे पहले आंसर आना चाहिए आपका ए गाजर क्योंकि विटामिन ए का प्रचर स्रोत आपका गाजर ही होता है इसके अलावा कई एग्जाम में मूली भी पूछा गया है पपीता एक बार मैंने खुद दिया तो उसमें आया था पपीता एक बार की पपीते में कौन सा विटामिन होता है तो गाजर में गाजर में पपीते में मूली में और इसके अलावा भी है हाँ मछली का कार्ड लीवर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मछली के कार्ड लीवर में कौन सा विटामिन होता है विटामिन ए होता है और विटामिन ए से आपको अगर मैं कहूँ विटामिन ए e की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है क्योंकि आंखों की जो रोडॉप्सन होती है प्रकाश का ज्ञान कराती है तो आंखों की जो रोडॉप्सन होती है प्रकाश का ज्ञान कराने वाली उनका बनना बंद हो जाता है विटामिन ए e की कमी से रतौंधी नामक बीमारी आपको हो सकती है तो दोस्तों ये आपके तीस क्वेश्चन मैंने आपको पूछे बायोलॉजी में अगला वीडियो में जल्दी ही डालूंगा तो बिल्कुल तैयार रहिए